टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ कि आई टी आई की मार्कशीट सर्टिफिकेट किस तरह से डाउनलोड करते हैं अब मैं ये बताऊँगा कि किन किन कैंडिडेट्स की मार्कशीट सर्टिफिकेट जारी कर दी गई हैं सेशन दो हजार अठारह बीस दो हजार उन्नीस इक्कीस के फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स की मार्कशीट सर्टिफिकेट जारी कर वैसे ही कैंडिडेट्स के मार्कशीट सर्टिफिकेट अभी तक जनरेट नहीं हुई है जिन कैंडिडेट्स के प्रोफाइल्स में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने करेक्शन के लिए ग्रीवेंस किया हुआ था सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के मार्कशीट सर्टिफिकेट अभी तक एनसीबीटी ने जारी नहीं किया हुआ है वह भी बहुत जल्द से जल्द जारी कर दी जाएंगी बाकी कैंडिडेट्स किस तरह से अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे आज हम यहाँ पर आपको बताएँगे सबसे पहले हमें ब्राउजर पर आना है वहाँ पर एन सी टाइप करना है इसके बाद में आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा वहां पर हमें ऑप्शंस पे आना है ट्रेनी इसके ऑप्शंस पर आकर ट्रेनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इन होगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब आपको जो रोल नंबर होगा उसके आगे आपको कैपिटल आर लगाना है बाकी एज इट इज सेम रोल नंबर आपको फिल करना है फादर नेम जो कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में होगा एज इट इज फिल करना है डेट ऑफ बर्थ इमेज इसके बाद में हमें सबमिट करना है जिस तरीके से मैंने एक कैंडिडेट का यहां पे फिल किया हुआ है लाइफ में अब हम इसे सबमिट करेंगे देखिए नेट की प्रॉब्लम्स की वजह से या सर्वर की इशू की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है तो आप कैप्चर को रिफ्रेश कर से फिर से ट्राई करेंगे दो से तीन बार आप चेक करेंगे ये प्रॉब्लम्स आ जाती है देखिए ये आपके सामने कैंडिडेट की प्रोफाइल ओपन हो गई कैंडिडेट का नेम डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी मोबाइल नंबर फोटो ये सारी चीजें शो कर रही है अब हम इस ऑप्शंस को देखेंगे सीबीटी हॉल टिकट मार्कशीट हॉल जनरेट हॉल टिकट मतलब जो आपका एडमिट कार्ड होता है सीबीटी का वह भी आपको यहीं से डाउनलोड होता है मार्कशीट भी आपकी फर्स्ट ईयर की यहाँ से होती है हॉल टिकट जो प्रैक्टिकल ई का होता है आपकी प्रोफाइल से ही होता है और इस तरीके सेकेंड ई ईयर की भी हॉल टिकट मार्कशीट यहां से जनरेट होती है और हॉल टिकट इस तरीके से अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ये जो मैग्नीफायर के साइन बने हुए हैं आपके सामने इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए यहाँ पे पी फाइल डाउनलोड हो गई अब हम इसे ओपन करके दिखाएंगे ये देखिए आपके सामने ये मैंने लाइव में ये मार्कशीट डाउनलोड करके दिखाई हुई है ये तो हो गई फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अब हम सेकेंड ईयर की मार्कशीट इसी तरीके से डाउनलोड करेंगे ईयर सेकेंड ईयर के सामने मैग्नीफायर का जो साइन है मार्कशीट के नीचे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे फर्स्ट ईयर की डाउनलोड डॉट हुई थी इसी तरीके सेकेंड ईयर की डाउनलोड हमने करी हुई है अब हम इसे भी ओपन करके आपको दिखा रहे हैं लाइव में ये लाइव में सेकेंड ईयर की मार्कशीट मैंने आपको दिखाई अब हम देखेंगे जो एन मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो भी है आपकी प्रोफाइल से ही जनरेट होता है देखिए प्रिंट सर्टिफिकेट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया अब मैं उसको आपको लाइव में दिखाने जा रहा हूं अब मैं इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ ये आपके सामने देखिए सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया इस तरीके से आप किसी भी सत्र के कैंडिडेट्स की मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं हाँ इसके बाद में ये जो क्वेश्चंस मार्क है इस पर आपको सिग्नेचर वैलिडेट किस तरीके से करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स पर कमेंट करिए मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा जिससे कि आप सेल्फ से भी डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कर पाएंगे अब जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड किया है वह अपने प्रोफाइल से जाके इस प्रोसेस के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं सेशन 2018 हजार अट्ठारह के फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स अपनी अपनी मार्कशीट ईयरली वाइज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद में आपकी जो एक कंसुलेटेड मार्कशीट होती है जो कि आपकी कॉलेज से प्रोवाइड होती है वो आप अपने कॉलेज के अलावा कोई भी इसे नहीं इशू कर सकता है सेकेंड बात आपकी ये जो प्रोफाइल से मार्कशीट सर्टिफिकेट इशू हो रही है इससे आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा क्योंकि सभी चीजें आपकी इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट में दी हुई होती है बाकी जो आपकी कंसुलेटेड मार्कशीट है वह आपकी कॉलेज से प्रोवाइड होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगी जाती है बट अभी आप फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल्स में ही हैं बाकी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है ये जो मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट होती हैं इनमें मोहर की और साइन की किसी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसका कोई भी इशू नहीं है बट प्राइवेट सेक्टर में पहले की प्रक्रिया से के द्वारा मार्कशीट्स में मोहर साइन की वैलिडिटी होती थी मांगा जाता था लेकिन अब धीरे धीरे कर कर प्राइवेट सेक्टर में भी इस चीज़ की जानकारी हो गई है अब वहां पर भी मोहर और सिग्नेचर नहीं मांगा जाता है इस कारण से आप मोहर और साइन को लेकर के मत परेशान होइए आपका कार्य जो भी फॉर्म वगैरह फिल करना है इसी मार्कशीट और सर्टिफिकेट से हो जाएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें